मैं आगे नहीं जाऊंगी काम करके बैठ <laughs> <Nice, shot! laughs> अब बस डे डे डे नहीं लो कि कि मैं नहीं दे मैं <laughs> नहीं लो नहीं रही अब। आगे जाऊंगी। मेरे पास? लो पे। है नही सिक्किन की मेरे Confuse हो वो लो लो। किया मेरे थोड़ा सा। इधर ही। दिया। कर आप ओह वाह वाह कोई आया आई nice, ओ, ये कितना फास्ट है यूएमपी नो मर्सी टारगेट डाउन ऐसा लग रहा है फ्लैंक आएंगे उन लोग अभी इधर से आ रहे इधर से आ रहे हैं अरे ये राइट साइड वाह। खबर ना तो है नाइस शॉट ये गलत है इनकी गन की हरंदा सारी कुछ तो भी है कोई ना कोई पोजीशन है किलिंग स्प्रे फॉर द ब्लू टीम नाइस शॉट कवर मी नो शिट बस यही नहीं हो निकी भी आ रही है, बस है। <laughs> मेरे साथ और <laughs> ये कितना है। पास आप सब अरे यार निकी विकी सब मारते हैं। इन द लीगे अरे यार देखो ये एक साथ आ रहे पता है ये सब बस लोए थोड़ा सा थोड़ा सा <laughs> ये देखो ये देखो नेड ओए इधर पे नो मोर इधर है Pusherai. dead, dead. है कहीं पे अरे नाइस पता कि मैं एनिमी डाउन दोनों दोनों से से सोच रही भाई मार दोनों मिल के मार दिया मार दिया निके को है अच्छा वो भी <laughs> ah. <laughs> कैसे मर रहे हैं लोग? रही है फॉर द ब्लू टीम। ओ काफी काफी लो। मुझे ज़्यादा आ रही है अपने गेम ओ डेड। ओ मैंने मार दिया। बस तीन किलो चाहिए हमको। ऑफ। ये बहुत ले, बहुत ले, बहुत ले, बहुत। बहुत बीच बीच दोनों आ आ आ आ रही रही हैं, हैं। हैं। है है है, दो दो आ हैं अरे दो अरे अरे। हेड। लो वो। अच्छा राइट राइट देखो ना। गया से आ गया इधर आ गया मेरे सामने Blue team. Oh! Nice one! <laughs> भाई भाई लेट जाती है भाई, आके। Finally. आए, आए, cool. मैंने दिखा रही किसी को भूल ना गाइज अभी वन साइड है अभी वन साइड है भाई भाई को भाई की गाड़ी स्लो शी है